गाजा लगा गाजा लगा लगा हाय आजा थके नाम पापा के लके अरे मस्ती में होरे आ, होरे आ, होरे आ, होरे आ, बाजा जा, जा, जा, जा, जा, में के नाम बाबा के लके रे मस्ती में ना सुचोरेगा हरे यारे, यारे, यारे, यारे, यारे पर्वत के बासी खोजे छे भान धतूरा भक्त मशेरी हम पक्का हसा कर ब पूरा हो पापा खेला से पर्वत के, के बार खोजे छे भान धतूरा भक्त मशेरी हम पप्पा हसा कर बूरा आके हम सहन मारे जय चुस्की से बन लगातो हर दमरे मुस्की मारोटा पर सोटा देना बोलती बोरती बोरती कचा के बिना हो रे मुश्किल चल नारे बहदिल कचा के बिना हो रे मुश्किल चल यार बैठका जमा बे महबिल हम भर बसल बारी है सलाई, बाबा कर तो बहुआ सबके भलाई राकेश अजय कौशालुआरे धुआं धुआरे धुआं धुआ